पेमेंट दिलवाने के बदले रिश्वत मांगने वाले कटनी रेलवे विभाग के डीएमई पर सीबीआई की टीम ने कार्रवाई की टीम ने डीएमई के बंगले और ऑफिस में पहुंचकर जांच पड़ताल की सीबीआई की इस कार्रवाई से रेलवे के अधिकारियों व कर्मचारियों में हडकंप पहुंच गया ग्वालियर के अंकित शर्मा ने बताया कि उसने हाइड्रोलिक मशीन रेलवे के एस गार्ड में सप्लाई की थी जिसका पेमेंट तीस लाख रुपए होना था लेकिन एक साल तक इसका पेमेंट नहीं हुआ पेमेंट न मिलने पर उसने सीनियर डी एम सिंह से बात की डीएम ने पेमेंट करवाने के एवज में अंकित से सत्तर हजार रुपए की रिश्वत मांगी अंकित ने रिश्वत दो किस्तों में देने की बात डीएम से कही जिसके बाद दो किस्तों में पेमेंट देना तय हो गया अंकित ने इस डीएम द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई टीम से भी की सीबीआई टीम के कहने पर अंकित ने एच सिंह को रेलवे कार्यालय में चालीस हज़ार रिश्वत की पहली किस्त दी जिसके तुरंत बाद सी की टीम ने डीएम को रंगे हाथों पकड़ लिया टीम ने डीएम से पूछताछ की और उनके बंगले और ऑफिस में भी जाँच की सी की इस कार्रवाई से रेलवे के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कम पहुँच गया है मेरा एक साल से पैसा फंसा हुआ था मैंने यहाँ मटेरियल सप्लाई किया था चार वोल्टिंग मशीन का तो मेरा जो कंप्यूटर है वो फॉरेन कंपनी है सारी वो करीब उनका रेट बहुत ज़्यादा है मैं बहुत मतलब मतलब इंडियन हूँ पूरा, पूरा मैनुफेक्चरिंग मेरा है सारा उसके बावजूद सस्ता होने के बावजूद ही मेरा न, न, न, मेरे को एक साल से पेमेंट मिला जबकि एज़ पर रूल जो है 80 परसेंट मेरा रिलीज़ हो जाना चाहिए था मेरा कभी 30 लाख का पेमेंट था ये मशीन अगर भारत से लेते हैं बाहर से ले तो पचास लाख की मशीन होती है 30 लाख मतलब विद जी इन्होंने मेरे 70 की डिमांड की थी सत्तर हज़ार सत्तर हज़ार रुपये तो मैंने कहा सर मेरी अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तो टीम के लिमिट मीटर फोर्टी से ऊपर नहीं निकलना तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फोर्टी अभी कर जाओ सी वी जबलपुर को तो शिकायत करते हैं इमेडियटली वो एक डेढ़ घंटे के अंदर आ गए उन्होंने वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग डाला और उनका प्रोसेस होता पूरा वो